तो क्या बोलते हैं पब्लिक आज हम बात करेंगे झाट की बार बल दुकान यानी मोहम्मद मतलब या। क्या क्या कहना कहना क्या चाह रहे हैं भाई आप मत क्या यह प्राणी के बाद पीठ के बाद सर के बक्सात में नीचे के बाद निकालने में भी सक्षम है आओ यार शुरू करते हैं एक और बक्तुदी कृपया इस वीडियो में अपर शब्दों का इस्तेमाल कुछ ज्यादा ही होने वाला है अगर आप इसके लिए तैयार नहीं हो तो... आगे से जाकर लेफ्ट ले लेना क्योंकि वो सीधा भाड़ में जाता है <laughs> <laughs> <laughs> <laughs> <laughs> <laughs> <laughs> <laughs> ये क्या बवासी रहे? ऐसा तो गली का कुत्ता भी नहीं करता तो गया था धाबा बन गया नहीं अब रोकता हूँ मैं समझे इसे कहते हैं असली टैलेंट टैलेंट इसके नस नस में भरा हुआ है कुछ चुद्धियों को मुंह से मुठने की बड़ी खुजली होती है लड़ देखता में गली के किसी कुत्ते को खिला तो उल्टा वो मुझ पे केस के चला जाएगा अच्छा <laughs> किसी ने क्या खूब ही कहा है दुनिया मादर्चोध है मादर्चोध रहेगी। पर थी सालों को तो पता ही नहीं है सारा कमाल इसके नाक के मखर का है इंसान की औत है जानवर की समझता ही नहीं है ये धरती भी क्या कर रहा है तुम्हे विचलित होने की जरूरत नहीं है जानवरों में देखे जाते पंदा अपने बालों को शाइन करवाने आया था मक्ता भी साहब ने तो इसे ऐसा शाइन किया है तो सिर्फ रात में ही चमकता है अबे लौडू बाल इसके सर पर चेहरे पर नहीं लागे लागे। अबे गांडू एड्रेस पूछने के लिए आया तो तूने तो उसका जेंडर ही चेंज कर दिया भैया इधर मिर्ची वाला बाजार कहा मिलता है मिर्ची वाला बाजार बस यार आज के लोग इतना ही अगर वीडियो अच्छा लगता है तो लाइक करो नया हो तो सब्सक्राइब करो कर दो यार और यार थैंक्स टू माई ऑल यूट्यूब फैमिली इन दिनों में जो मुझे खुशी मिले ना इतनी खुशी इतनी खुशी मुझे